मोर जाने मन बा मोर सचारे बचपन का प्यार प्यारोर भूल तोर बिना धन बजना पारे नोर बिना धन बजना तपारे ना बल कही देवी मुई मोर जान मोर जाने मन ला बा मोर सचारे